एक बार क्या हुआ दो लोगों को जो एक्चुअली सिगरेट पीने की आदत छोड़ने वाले थे उनको सिगरेट ऑफर की गई तो जब पहले आदमी को सिगरेट ऑफर की गई तो पता क्या बोलता है वो कहता है धन्यवाद मैं सिगरेट पीना छोड़ रहा हूं लेकिन जब दूसरे आदमी को सिगरेट ऑफर की जाती है तो वो पता क्या बोलता है नहीं धन्यवाद मैं सिगरेट नहीं पीता अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि पहला आदमी सिगरेट ज्यादा जल्दी छोड़ेगा या दूसरा आदमी बिल्कुल ठीक हो आप दूसरा आदमी ऐसा क्यों क्योंकि वो अपने आप को उस करैक्टर से पूरी तरह से बाहर निकाल चुका है वो ये बोल रहा है कि मैं सिगरेट पीता ही नहीं जबकि पहले वाला आदमी क्या बोल रहा है मैं सिगरेट पीना छोड़ रहा हूं यानी कि पहले वाला आदमी अभी भी अपने पास्ट में जी रहा है जिस आदत को वो छोड़ना चाहता है उसमें जी रहा है और हो सकता है वह उससे कभी बाहर ही ना निकले इसीलिए कभी भी अपनी गंदी और बुरी आदतों से अगर आपको बाहर निकलना है तो सबसे पहले आपको उस करेक्टर से पूरी तरीके से बाहर निकलना बेहद जरूरी है